18 फरवरी शिवरात्रि के महापर्व पर उज्जैन में भव्य शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम होगा महाकाल महाराज की नगरी उज्जैन दीपों के प्रकाश से जगमग होगी जिसका आह्वान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा इस महाशिवरात्रि उज्जैन में भव्य शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम का आयोजन होगा महाकाल की नगरी उज्जैन दीपों के प्रकाश से जगमग होगी चौहान ने कहा मैं भी परिवार के साथ दीप जलाऊंगा और इस पवित्र अवसर पर उज्जैन वासी लाख दीप जलायेंगे आप भी अपने परिवार के साथ दीप जलाएं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी और मध्य प्रदेश के वैभव को बढ़ाएं। पिछले वर्ष महाशिवरात्रि पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ था विगत वर्ष शिवरात्रि में 11 लाख इकहत्तर हजार से अधिक दीप जलाकर गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण